दोस्तों नमस्कार आज एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों से मुखातिब हुआ हूं एक नए नए विषय की नए चर्चा को लेकर के चलिए आज मौजूदा पावर बैंक के पीछे कोयले का काला खेल समझते हैं साथियों इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा तभी आपको पूरा इस वीडियो बनाने का मतलब समझ में आ जाएगा आपको यह भी है कि हमें अडानी और टाटा का कितना बड़ा रोल है यहाँ पे इन सभी पूंजीपतियों का रोल क्या है इस चीज़ को अगर आप समझेंगे तो आप बिजली के आज खेल को आप समझ सकते हैं मोदी सरकार किस तरह मुख्य रूप से दोनों के फायदे के लिए बिजली की कीमत बढ़ाने की साजिश कर रही है देश की कुल बिजली उत्पादन क्षमता चार गीगावाट है फिलहाल मांग है दो गीगावाट की यानी आधा यानी दिक्कत क्यों जितना हम बना रहे हैं डिमांड हमारी उससे भी आधी है फिर भी उसके बावजूद हमारे यहाँ बिजली की समस्याएँ हमें क्यों झेलना पड़ रहा है क्योंकि देश में कोयला आधारित एक बिजली उत्पादन इकाइयों में से 105 में से 25 से 30 परसेंट बचा हुआ है कोयला हमारे पास पर्याप्त है पच्चीस से तीस मोदी सरकार ने फिर भी 700 सौ ट्रेनें रद्द कर कोयले की सप्लाई बढ़ाने की बात कही है इससे बड़ी नालायकी और कुछ हो ही नहीं सकती लेकिन पिछले दरवाजे से मोदी सरकार राज्यों पर महँगा कोयला आयात करने का दबाव डालती है पिछले साल के मुकाबले विदेशी कोयला चार गुना महंगा हुआ है अगर राज्य सरकारें 10 परसेंट कोयला भी इम्पोर्ट करे तो आपका बिजली का बिल सीधे एक हज़ार बढ़ जाएगा यानी देश में कोयले होने के बाद भी बाहर से खरीदने की कोशिश क्यों की जा रही है ये बहुत बड़ा खेल रहा है हूँ हमारे देश की जनता के साथ इसको हमें समय रहते समझ लेना होगा अन्यथा इसका खामियाजा हमें और आपको बहुत बड़ा भुगतना पड़ेगा मोदी सरकार का मोदी सरकार यह भी कहती कहती रही है कि वह राज्यों को कोयला देने के बजाय उन निजी इस निजी में ही सारा खेल सिफाया साथियों निजी यानी अडानी जैसे प्लांट्स को देना चाहती हैं जो इम्पोर्टेंट कोयले का इस्तेमाल करते हैं और कोयला महंगा होने से प्लांट बंद कर बैठे हैं सोचिए जब ये निजी कंपनियों वाले अपना खुद का प्लांट कोयला के महंगे होने से बंद कर बैठे हैं लेकिन मोदी सरकार का खेल यह है कि पहले राज्य दस कोयला इम्पोर्ट करेंगे फिर उन्हें अडानी और टाटा के प्लांट में भेजेंगे वहाँ बिजली बनेगी और और महंगी कीमत जनता को चुकानी पड़ेगी अगर मोदी सरकार से पूछा जाए कि रेलवे के 450 से ज़्यादा कोल रैक्स में से कितने अडानी और टाटा के प्लांट्स में जाते हैं तो बोलती बंद हो जाएगी क्योंकि देश के प्लांट्स में जाने से जो महँगी बिजली बन तो वो अपने हिसाब जो बिजली बनाते हैं वो ऑलरेडी महंगी बेचेंगे और उसको जेब खर्च पूरा का पूरा जनता की जेब पर पड़ेगा यानी कि नरेंद्र मोदी की सरकार जनता के पैसे से प्राइवेट पावर प्लांट को सब्सिडी दे रही है अडानी की दौलत यूं ही नहीं पड़ रही साथियों आपने देखा भी एशिया के एशिया के सबसे बड़े अमीर आदमी बने अडानी जी लेकिन ये ये इसके पीछे भी सरकार का बहुत बड़ा रोल है उनके आगे बढ़ने में अब राज्यों के पास पावर कट या फिर 12 से 20 रुपए प्रति यूनिट की दर से प्राइवेट बिजली खरीदने के सिवा कोई विकल्प नहीं होता है राज्य बिजली इकाइयाँ तेज़ी से घाटे में जा रही हैं उपभोक्ताओं पर घाटे का बोझ डाल तो रहे हैं लेकिन इसका नतीजा चौतरफा महंगाई और छोटे मझोलो उद्योगों को बंद होने के रूप में सामने आ रही है जो असल में नौकरियां देती हैं चाहते हैं जो बड़े उद्योग होते हैं वो फिक्स होते हैं मतलब उनमें इतने वेकेंसीज या इतने हर विभाग बटे हुए रहते हैं लेकिन जो छोटे छोटे व्यापारी होते हैं अधिकतर ये पूरा प्लांट्स वही संभालते हैं देखा जाए तो जो छोटे पूंजीपति होते हैं असल में वो नौकरियों जनता तक नौकरियाँ वही पहुँचाते हैं हमारे युवाओं को अधिकतर प्लेसमेंट वही देते हैं छोटे व्यापारी आइए आगे यकीन मानिए मोदी सरकार कोई बिजली सुधार नहीं करने जा रही बीते अक्टूबर और अब कोयले की नकली कमी की आड़ में पावर कर से साफ है कि बिजली के निजीकरण का रास्ता खोला जा रहा है क्या हर महीने 100 यूनिट बिजली के लिए 3000 रुपए दे पाएंगे आप पूरा अगर जोड़ लीजिए तो कम से कम 3000 रुपए हर महीने माफ़ कीजिएगा प्रति यूनिट बिजली आपको तीन हज़ार देने पड़ेंगे नहीं तो नहीं तो बिना बिजली के ज़िंदगी की आदत डाल लीजिए साथी मिट्टी का तेल अब तो लगभग वहाँ से राशन की दुकानों को दुकान दुक मिलना बंद हो गया है तो अब हम सभी लोगों को अंधेरे में रहने की आदत डालनी पड़ेगी हमने सोचा था कि सत्तर साल में हम उस पायदान को छूने जा रहे हैं कि जहाँ पे अमेरिका जैसे देश हैं हम बराबरी करने की चाहत रखते थे तो बराबरी करने का पूरा प्रयास था हमारा लेकिन आज हम उस स्थिति में आ गए हैं कि हम अपनी ज़िंदगी अप रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीने में हम अस्त व्यस्त हो गए हैं मतलब हमें हमें समय हमारे दिमाग में ये नहीं आ रहा है कि हमें चांद पे जाना है हमें मंगल ग्रह के विषय में कुछ अधिक जानकारी लेनी है हमें वगैरह वगैरह कुछ और भी प्राकृतिक चीज़ों के विषय में एनालिसिस करना है लेकिन इन सब चीज़ों से छोड़ करके आज हम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मतलब पेट के लिए परेशान है कुल मिलाकर सीधा साधारण भाषा में समझा जाए तो तो साथियों इसी बिजली के मुद्दे को लेकर के एक आगे एक नया वीडियो आएगा हमारा फिर से अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें सब्सक्राइब करें और और लोगों तक पहुंचाने के लिए इस, इस चैनल को आप शेयर भी करें नमस्कार साथियों